सर्ग स्वागत करता है चौधरी जाता है बस्ती का हस्ती तुम्हारे आता मैं तुम लोगो को अच्छा सिखाने लाने दो पेटी का बाल मेरे सामने बन रहा ब्रेजील में का